अभी फ्रेंड हम जीबी व्हाट्सएप पे जाते हैं हम कोई चैट ओपन करते हैं चैट ओपन करने पर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे जो है कॉलिंग का ऑप्शन शो ऑफ हो रहा है यहाँ से ही हम वॉइस कॉल कर सकते हैं वॉइस कॉल के ऑप्शन को अगर हमें हाइड करना है तो हम कैसे करेंगे हम बैक जाएंगे यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे जी सेटिंग पे जाएंगे चैट स्क्रीन पर जाएँगे एक्शन बार पे जाएंगे हाइड कॉल बटन पर क्लिक करेंगे अभी आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि वो कॉल बटन हाइड हो रहा है इसको अनेबल कर देंगे अभी बैक जाएंगे चैट ओपन करेंगे यहाँ ऊपर की तरफ वॉइस कॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है वॉइस कॉल के ऑप्शन को लाने के लिए बैक जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, जी सेटिंग पे जाएंगे चैट स्क्रीन पे जाएंगे, एक्शन बार पे जाएंगे हाइट कॉल बटन को डिसेबल कर देंगे अभी व्हाट्सएप पर जाएंगे ओपन करेंगे तो वॉइस कॉल का ऑप्शन दिख रहा है